जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और उत्तर प्रदेश यानी कि ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा वन रक्षक की परीक्षा में बैठने वाले वह सभी अभ्यर्थी जिनका पेपर अच्छा गया है आशा करता हूं कि इस भर्ती की प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी और आप इस पद पर आसीन होंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे दोस्तों मैंने इस भर्ती से संबंधित कटाव के विषय में एक दो वीडियोज बनाए थे तो उसमें ढेर सारे कमेंट्स आए ढेर सारे लोगों का प्यार मिला उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके बाद सभी ने अपना कटाव बताया कि मेरे इतने गए हैं मेरे इतने गए हैं उस उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है उसे आप देख सकते हैं इसके अलावा एक बहुत प्रमुख मुद्दा बहुत ही जेन्यन क्वेश्चन सामने आया है कि सर पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने ईडब्ल्यूएस एस यस किया है कि नो किया है फार्म भरते समय बहुत से लोग बता रहे थे कि फार्म भरते समय कैटेगरी चूज किया कि नहीं किया गलत तो नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हर भर्ती में होती हैं दोस्तों की आप फार्म डाल दे कि आप फॉर्म डाल देते हैं और आप कहीं ना कहीं कोई कैटेगरी में गलती कर देते हैं नाम पते में गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा आपको आगे चल के डी बी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तो भुगतना पड़ता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने इसका हल ढूंढ लिया है और आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे तो दोस्तों आपकी इस समस्या का समाधान करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल लाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह जरूरत से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहें और अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके विषय में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है कोई भी गलती जैसे कि नाम पिताजी का नाम पता कटेगरी आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित यानी कि आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी गलती से भर दिया गया है कोई भी सेगमेंट गलत हो गया है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसको सही कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो दोस्तों आप लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको गूगल पर यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा तो आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएं और इसमें एक एप्लीकेशन सेगमेंट होता है आप देख सकते हैं ये आधिकारिक वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप दूसरे जगह जाएंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा ये केवल यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलने वाला है तो आपका यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है फिर लाइव एडवर्टाइजमेंट होता है मतलब जो भी भर्तियां आई हैं उसके विषय में और आपके एप्लीकेशन से संबंधित ये अलग से एक सेगमेंट दिया हुआ है एप्लीकेशन सेगमेंट इसमें आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो प्रमुख मुद्दा है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप नीचे इसमें आएंगे तो मोडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन अगर आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है उसको आपको यह सबमिट करने के लिए फिर से मोडिफाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी कि एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिल जाता है फॉर्म भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और वही रजिस्टर्ड और वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ बगल में दिया हुआ है ये डाल देंगे इसके बाद से आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो खुलकर आ जाएगा और उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी जो भी गलतियाँ हैं आप उसे सुधार सकते हैं अब आ जाइए दोस्तों जो ई वाले कैंडिडेट हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे हो तो जस्ट आपको मैं बता दूँ आप फिर से उसी वेबसाइट पर जाएंगे जब आप फिर से उसी वेबसाइट पर जाइए और ई का उस उसी के नीचे जहां मोडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन है आप इसमें भी वो चीज़ सही कर सकते हैं ई वाली समस्या और इसके लिए एक अलग से सेगमेंट भी दिया है क्योंकि दोस्तों जब ये भर्ती आई थी उस समय 2019 में ही ई को लाया गया था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसको भरना भूल गए थे या फिर नहीं भरे थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार थे तो आप यहां से जो मॉडिफाई डब्ल्यू यहां से भी आप जाकर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर आप यहां पर जब जाएंगे तो ई डब्ल्यू डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा और आप और आप वहां से अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं आप मोडिफाई कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा अगर आपको इसी तरह की अन्य कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आकर कमेंट करके आप कोई भी सवाल है तो उसे आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल लाइकन को प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत